हेलो नमस्कार मैं वोडाफोन से नवनीत कौर बात कर रही हूँ क्या मैं मंदीप कुमार जी ऐसी बात कर सकती हूँ जी बोल रहा हूँ सर जानना चाहेंगे पहले आपके फोन से रात भर कॉल होती थी अभी नहीं हो रही क्या दिक्कत आ रही है सर जी पहले न मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात रात तक बातें करता था लेकिन अब उसकी शादी हो गई माफी चाहेंगे सर अरे नहीं आप क्यों सोरी बोल रहे आपने थोड़ी न कराई है शादी सॉरी सर उनकी शादी कितने हुई है हुई तो मुझसे ही है <laughs> <laughs> oh, no, no, no, no. <laughs>